ओके, okay. रहीम। uh, कल जैसे बात हुई थी कि आप लोग इसको देख ले दोनों वीडियोस को तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा ठीक है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। सानिया बेटे वॉइस मेरी आ रही है आप आप अपने एंड पे देखो, शाबाश अच्छा ये टेस्ट के मतलब सीआर uh, मेरे से uh, मुझे मैसेज करें आफ्टर दिस क्लास तो फिर हम आपका जो हार्ट वाला है ना टेस्ट उसकेजुन करेंगे ठीक है सीआर है अगर तो सीआर नोट करें और मुझे फिर बाद में फ्लैक्स करें ठीक है ओके okay. नाउ हमने कॉर्नरी सर्कुलेशन uh, की बात कर ली थी और वो उसमें वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होनी सेकेंड मैंने आपसे कहा था कि सरिल सर्कुलेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी कॉर्नरी सर्कुलेशन जरूरी है और जो सरग्रल सर्कुलेशन है वो जाहिर से ज़रूरी है कि वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है ठीक है अब इसमें जो पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ वो ये कि सारी की सारी जो ब्लड है वो ब्रेन को एक्सेस नहीं कर सकता ब्रेन को सप्लाई नहीं कर सकता बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है B blood brain barrier ठीक है ये blood brain barrier आप समझें एक मेमब्रेन होती है जो ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर के अराउंड बिछी भी होती है या उसका एक तरह का उसका गिलाफ बना हुआ होता है ब्रेन के अराउंड और ब्लड जो है वो उसके आउटसाइड होता है ठीक है तो कुछ सिचुएशन को इस तरह से होती है ए, ये ब्रेन है अगर मसाले तौर पर तो ये वो ब्लड ब्रेन बैरियर है ए, ये ठीक है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है ये जो है ठीक हो ओके और जो आपका जमाने वाली ब्लड है मैं उसको वैसे ब्लू से बना रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए वो ब्लड जो है ना वो इधर होता है बाहर होता ठीक है।, है समझ में आ रही है बात बचों और बाकी गुड गुड सो so, ये ब्लड है ये झिल्ली जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है और ये अंदर ब्रेन है इसका मकसद क्या होता है इसका मकसद ये होता है कि भाई हर जो ब्लड में कोई चीज अगर टॉक्सिक आ गई है या कोई अगर ब्लड में कोई और मसाइल हो गए हैं पी के या बाकी ढेरों सारे इश्यूज हो सकते हैं बैक्टीरिया है वायरसेस हैं वो उनको खुली छुट्टी ना दी जाए उनको एक बैरियर से गुजारने की उनकी रिक्वायरमेंट दी जाए ताकि ब्रेन सिक्योर है ठीक है बस ये इतना है इसके बाद इसकी जो डिटेल्स है वो एनाटवी में आप करेंगे जोटोमिकटिकल डिटेल्स ठीक है थीके? अब आ हैं फिजोलॉजी पे तो जैसे हम अब लास्ट दो तीन लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि हर जो सर्कुलेशन है वो अपना एक प्रेफर्ड तरीका इस्तेमाल करती है रेगुलेशन तो इसका जो प्रेफर्ड तरीका है इसका भी रादर कोरोनरी करो, करो, सर्कुलेशन में भी हमने पढ़ा था जी लोकल मेटाबुलट हैं वो मेन बड़ा खरीदी किरदार अदा करते हैं ठीक है और उसमें लेकिन हमने यही पढ़ा था कि जो लिखा हुआ है, है? तो यह ऑलमोस्ट इंटायरली का मतलब यह है कि बस यही मेन किरदार अदा करता है लोकल मेटाबोलाइट ठीक है अब उन लोकल मेटाबोलाइट में मेन किरदार किसका है काबन रा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मेनदार अदा करते हैं by acting as a local ठीक है? ये ये ये ये चीज़ है बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज इसमें नहीं है और ये तीनों चीजें यानी अपना ऑटो रेगुलेशन भी एग्जिबिट करता है एक्टिव और रिएक्टिव हाइपरीमिया भी एग्जिबिट करता है ये सारी वो, वो ये सारा स्पेक्ट्रम जो कि हमने लोकल ब्लड फ्लो में पढ़ा था जो टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है ये वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ठीक है तो ये हो गई सर्कुलेशन साइबर सर्कुलेशन में कोई क्वेश्चन है बेटे आवाज कटने का बेटे ताल्लुक आपके इंटरनेट से है ठीक है और मैं आपको दोबारा याद करा दू के लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है जो बायद बहुत कम बच्चे देखते हैं लेकिन चले इसका मतलब है उनको लाइव समय में आ जाता है तो मैं तो करता हूं आपको समय में बात आ रही है। जी बेटे ब्रेन के चलो आगे चले आगे चले अब आ जाते हैं पलमनरी सर्कुलेशन ठीक है पलमरी सर्कुलेशन अब प्राइमरी सर्कुलेशन में मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि इसका जो मेन कंट्रोलर है वो ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन एक लिहाज से डिफरेंट तरीके से यहां पे इस्तेमाल होती है वो अभी हम बात करते हैं ठीक है पहले आप जरा रजिस्टर कर लें जी बिल्कुल मश्रा इसलिए बेटे डालता हूं कोई बात नहीं बेटा कोई बात फेवर किस बात का तो हमारा फर्ज है अच्छा जी तो पलमरी सर्कुलेशन में मेन चीज ऑक्सीजन है जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था ठीक है नाउ ऑक्सीजन का लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का यहाँ पे इस्तेमाल है वो आप जरा गौर से सुन रहे ठीक है पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी टिश्यू में आप समझें लेट्स uh, से ये एक टिश्यू है ठीक है एक टिश्यू है ये पल्मरी नहीं है ये एक ऑर्डनरी टिश्यू है कहीं भी बॉडी में यहां पे जब आप सॉरी यहां पे जब आप हाइपोक्सिया करेंगे तो उसका इसके आ, आ, इस पे बेसल पे क्या असर होना चाहिए आपके ख्याल अगर इसमें इस टिश्यू में, में हाइपोक्सिया हो जाता है तो उसका इसके ब्लड वेसल्स पे क्या असर पड़ेगा ये क्वेश्चन है इसका जवाब दें ये ब्लड वेसल बना दिया मैंने अच्छा दो बच्चे कहते हैं मेजो होगी तीन तीन बच्चे कहते हैं बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं चार चार बच्चे बस पांच बासठ बच्चे इस वक्त हैं सिक्सटी टू छत आठ नौ बिल्कुल सही है बस ठीक है सद आपको समझ में आ गया अब इस बात को अपने याद रखना है बेटे कि हाइपोक्सिया में हाइपोक्सिया में अगर टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाए तो उसके वेसल्स में बेजोडायलेशन होती है जाहिर है बेजो होगी बेजो होगी तो ही इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा ठीक है ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी ठीक है ये बात होगी लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पल्मनरी सर्कुलेशन पल्मनरी सर्कुलेशन में इसका ऑपोजिट होता है जी इस जगह पे वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी कोई बच्चा वजह बताएगा भाई लंग में क्यों ये इतनी ज्यादा हो रही है लंग में अगर हाईपॉक्सिया होगा तो वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उस जगह पे ये क्या बात हो जिन बच्चों ने तो वो वीडियो देखी हुई है थोड़ी सी कवर की हुई है वो तो रेडी बैठे होंगे इस कोई उनमें से कोई एक छोटी सी मुझे हिंट दे दे ताकि मुझे समझ आ जाए क्या आपको पता है ओके okay. नहीं ये वजह नहीं है बेटे जो ब्लड आ रहा होता है आपने इसमें गौर करना है हाँ यस, बिल्कुल यही जवाब बिल्कुल हम देखो आपने बड़ी सिंपल सी बात आपको एक बार बताओ समझ आ जाएगी आप ब्लड लंग में डालते क्यों हैं, ले जाते क्यों हैं? ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाते हैं कि भाई ऑक्सीजनेट हो और अपना कार्बन डाइऑक्साइडा तो ली जाए इसी लिए जाते हैं ना ब्लड आप लंग में अब एक ऐसी जगह है अब एक ऐसी जगह है कि वहां पे आ, ये अगर चलो बनाई लेते हैं ये लाग है ठीक है अब यहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे इसके ब्रांकाए फस गए हैं इसके ब्रोंकाय में कुछ फंस गया है इसके जो एयरवेज है ना यहाँ पे गड़बड़ हो गई है और यहां पे जो एयर की जो एंट्री है वो डिक्रीज हो गई है एयर फ्लो इस जगह पे डिक्रीज हो गया तो यहां पे ब्लड ला के यहां पे डी ऑक्सीनेटेड ब्लड ला के आपने क्या करना है तो फायदा है सर डीट डी ब्लड का या इस पैच में ये जो पैच बन गया हुआ है, इस पैच में लाने का कोई फायदा है इधर एयर ही नहीं आ रही या एयर बहुत कम आ रही है ऐसा ही है ना हम तो उन रीजन में जाना चाहते हैं जो टॉप के रीजन हो जो सबसे अच्छे जहां पे एयर आ रही हो यहां पे तो एयर आई नहीं रही हमने खुद कह दिया तो इस जगह पे हाइपोक्सिया हो गया कमी को है कहते है ना यहां पर हाइपॉक्सिया हो गया तो यहां के जो वेसल्स होते हैं वह वो बेजो कंस्ट्रक्ट हो जाता है सो हाइपोक्सिया causes vasoconstriction in lungs इन लंग्स जबकि हाइपॉक्सिया एनी वेयर एल्स कॉजेज वेजो डायलिश यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको आनी चाहिए ठीक है तो, सबको समझ में आ गया चलो इसका कोई सवाल नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं चलो चल। अच्छा अब आ जाओ आप रीनल पर ठीक है सर्कुलेशन अब रीनल सर्कुलेशन जो है वो ये हमने पहली बात कर ली थी काफी दफा रिपीट भी कर लिया कि वो टाइटली ऑटो रेगुलेटेड है मैंने आपसे कहा था कि एज आ, आ, ज एज एन एटी एम एम एच जी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में अगर वेरिएशन हो जाए यानी इतनी ज्यादा भी वेरिएशन हो जाए जितनी मैंने यहाँ लिख दी हुई है ये बहुत बड़ी वेरिएशन है यानी 80 तक ड्रॉप कर जाए या 80 तक ड्रॉप कर जाए या 180 तक बढ़ जाए अगर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो पीछे से प्रेशर आ रहा है तो फिर भी किडनी जो है वो आ, अपने ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करने का एक वो रखती है एक एबिलिटी रखती ठीक है अब इसमें इस इस ऑटोरेग्युलेशन के दो जो मेन किरदार है एक मेन किरदार है वो है मायोजेनिक और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कर चुका हूँ दोबारा नहीं करूंगा ठीक है दूसरा जो है वो ट्यूबलोलोमल फीडबैक है ये आप लोग किडनी में पढ़े ठीक है सो so, जो किसा मुखसर जो मेन चीज है रीनल सर्कुलेशन की रेगुलेशन में वो है कि जनाब ये ऑटो रेगुलेट होती है ये ऑटो रेगुलेटर ड्यू टू दबिलिटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर या वेस फॉर मायोजेनिक रिस्पॉन्स एंड सेकेंडली ट्यूब्लोक फीडबैक ठीक है ये इतना ही है कोई सवाल नहीं है तो आगे चले आ जाते हैं। होता है बेटे अगर वो अच्छा आप शायद तो उसके साथ नर्वस नहीं आती है सिर्फ किडनी आती है हार्ट में भी और किडनी में भी याद रखो जब ट्रांसप्लांट होता है तो नर्व्स नहीं साथ आती जब इंजन डलता है किसी गाड़ी में तो तारें अपनी खुद लानी होती हैं पुरानी जो तारें वो नहीं लगती उसको ये मैंने बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल दी है तो जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्ट में मैं आपको अच्छी तरह बेहतर बता सकता हूँ आपने याद है ना वो सिंपथेटिक और पैरा सिंपथेटिकवेशन की सारी हमने बात की थी तो जब आप हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे यानी आप ये वाला हार्ट निकाल देंगे और एक नया हार्ट लगा देंगे किसी भी वजह से तो जो नए हार्ट में जिस बॉडी जो बॉडी रिसीव कर रही है कहते है उसको। के जो और फाइबर्स हैं उसको इस तो है, है? बिल्कुल इसी तरह से किडनी किडनी भी जो है वो अपना वो जो सिम्पथेटिकवेशन उसको हो रही होती है वो अब ट्रांसप्लांटेड किडनी में नहीं होगी क्योंकि वो आप जोड़ नहीं सकते जी जी मेन जो है वो में ब्लड प्रेशर ही को देखना होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो की हम किडनी में या किसी भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं और ब्लड फ्लो का तालुक प्रेशर से होता है प्रेशर से होता है तो बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है ये बात समझ में आई आपको सिंपथेटिकवेशन जब कायम होती है तब वो भी एक पार्ट प्ले करती है रेगुलेशन में रेगुलेशन ठीक है लेकिन ऑटो रेगुलेशन का जिक्र यह हो रहा है कि ऑटो रेगुलेशन सिंपथेटिक सिस्टम से मुबर्रा है इसका ताल्लुक मेनली मायोजेनिक और ट्यूबलोम फीडबैक से रिलेटेड है, ठीक है चलो अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल सर्कुलेशन अब स्केलेटल मसल सर्कुलेशन यूनिक है कैसे यूनिक है इस तरह से है कि ये दोनों लोकल मेटाफोलाइट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को इस्तेमाल करती है ये इस लिहाज से यूनिक है ठीक है अच्छा यहां पर अब जब एड्रेस होता है मामला ठीक है जब आपको पता है ना कि अब स्केलेटल मसल का जिक्र आया है तो अब जिक्र आएगा एक्सरसाइज का या एटरेस्ट का दो ही सीचुएशन होती है ना स्केलेटल मसल में या तो वो एटरेस्ट होता है या तो वो एटरेस्ट होता है एटरेस्ट होता है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो अगर आप रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट में मेनली जो फ्लोर रेगुलेट हो रहा है वो सिंथेटिक नर्वस इनरवेशन से हो रहा है बायोवेजो ठीक है। है, यानी ये आप समझें, एक बेस और एक बेसलाइन बेसलाइन चीज होती है, जो हर वक्त एक्टिवेटेड होती है ठीक है सिंपथेटिक तो हो ना तो स्कैटल मसल पे जो ज्यादातर कैफियत होती है वो एटरेस्ट पे होती है सही एटरेस्ट पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का एक खास अमाउंट ऑफ कह लो के इनरवेशन होती है जो हर वक्त रहती है ठीक है बाय द वे जो uh, innervation है जो हर वक्त रहती है ये तमाम वेसल्स पे भी रहती है ठीक है इसको वेजो मोटर टोन कहते हैं ये हम करेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फमिलियर हो जाओ इस टर्म से वेजो मोटर टोन वेजो टोन का मतलब ये होता है बेटे ये जहां से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम निकल रहा होता है ना ब्रेन से ब्रेन से निकल रहा होता है ब्रेन स्टेम से निकल रहा होता है ठीक है ब्रेन के एक एरिया है इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं वहां से सिंपथेटिक सिस्टम के फाइबरिजनेट करते हैं ठीक है तो माउस से लिखना बड़ा मसला होता है तो ये जो सिस्टम है ना ये वाला सिस्टम सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है और ये हर वक्त सिम्थेटिक नर्वस सिस्टम को एक जैसे कह लो हल्का सा एक्टिवेटेड रखता है।, है जिसका मतलब है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त एक्टिव होता है तो ये जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेशन है ना ये ब्लड वेसल्स पे भी होती है और जहां जहां इसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वहाँ वहाँ, obviously होती है वो तारे तो है ना इस जगह आपने सिर्फ उसके मसल को मसल के वेल्स है तो मसल के वेल्स को इनर्वेशन होती रहेगी अगर उनको भी नर्वेशन होती रहेगी अगर वो हार्ट है तो वो हार्ट को भी जाती रहेगी समझ आ रही है बात? तो ये हर जगह आपने क्योंकि इस वाले जो हेड ऑफिस है का, उसको आपने एक्टिवेट रखा हुआ है ये जिंदगी की अलामत है ठीक है ना तो इसीलिए जो भी इसकी जो रोड्स है या मोटरवेज हैं या रेलगाड़ी की पटरियां हैं वो हर वक्त एक खास एक बेसिक डिस्चार्ज उनमें होता रहता है ये एक्टिव रहती है ये बात समझ में आई बाकी औरों को समझाइए चलो ये टोन याद रखना ये आगे काम आएगी आपके ठीक है अच्छा जी तो बिल्कुल इसी वजह से एट एटरेस्ट जब स्केलेटल मसल काम नहीं कर रहे होते तो उनके वेसल्स भी सिंपेटिक इनर्वेशन के अंडर होते हैं जैसे मैंने अभी समझाया आपको। और आपको पता है कि एल्फा वर्न रिसेप्ट होते हैं Uh, उनकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो बेटा है। है? अब। अब आप कर लो रिजो अब क्या होता है आपने एटरेस्ट तो समझ लिया तो अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि रेस्ट, मसल में में में कौन है स्केशन का तो आप क्या जवाब देंगे Sympathetic Sympathetic innervation, innervation through matlab, through majority थ्रू मेजोरिटी बेस as well depending on the receptor, ठीक है यह address मैंने summary revise करा थी. okay? आगे चले अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सरसाइज में क्या होता है, ठीक है एक्सरसाइज में क्या होगा आपके ख्याल में क्या होगा एक्सरसाइज में बैठे ये भी कई दफा बात हो चुकी है वॉट विल है इन एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन की रीजन सिंपैथेटिक इनर्वेशन करता है है हमने ये हार्ट में में बढ़ाता अच्छा अब अब मुझे मुझे बताएं हम आगे चले हैं वैसे अब मुझे बताओ के में तो हमने कर लिया अब एक्सरसाइज में करना है एक्सरसाइज में क्या होगा होगी शाबाश क्यूजेशन क्यों होगी ये क्या मेजोराइलेशन हो गई क्यों होगी नहीं मैं बात कई दफा कर चुका हूं पहले नहीं हाँ। एक किसी बच्चे ने ऑक्सीजन की बात की है वो कुछ हाँ फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड रेजोलेशन शब्द इसको क्या कहते हैं चीज को क्या कहते हैं बेटे टू फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड जो मेज डाइजेशन होती है लोकल मेटापोलाइट शाबाश अदलीब, बशरा इसको कहते क्या है मुझे बता दो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है राइट, राइट, ये, मारुशा में हमने पढ़ा था अगर याद हो तो। कि जब ऑक्सीजन एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी ठीक है ऑक्सीजन की रिमॉन्ड बढ़ जाएगी उसकी वजह से होगी। होगी? अभी, अभी किया था सर्कुलेशन में भी यही बात की थी। के लंग के जहां पे भी होगा वहां पर तो हो गई ऑक्सीजन जो मेजो डायट कराती है और एक ऑक्सीजन हो गई और भी कोई मेटोपोलाइड्स हैं शाहनोसिन लिखना में मुझे बड़ा लंबा हो जाएगा आ, याद रख लेना मैं बस ए लिख रहा हूँ ठीक है या तक याद रहे आपको फिर पोटासियम है ठीक है और नहीं सोडियम नहीं है बेटे और एक और चीज शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अभी टाइम खत्म हो रहा है इसका ये डिसकनेक्ट होगा तो फिर दोबारा रिज्वाइन करेंगे ठीक है ना हो ये है जनाब अली वजह के इन केलेटल मसल यू हैव इन एक्सरसाइज यू है ठीक है आगे चले चलो बात उसने कर रही ये आगे लिखा हुआ था सारा भी है काम चलता है ठीक है अब स्किन की बात आ रही है स्किन, स्किन का क्या वैसे मेन रोल है आपको ना स्किन एक ऑर्गन है ये बात याद रखनी है स्किन इज एन organ, वेरी इंपॉर्टेंट organ. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस organ की प्रोटेक्शन है शाबाश और इम्यूनिटी भी है यस yes. और ये बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन रेगुलेशन थर्मल रेगुलेशन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब उस में आप जब नर्वेशन को देखते हो तो बात में आती है है अब आपको ठंड लग रही है. आप क्या सिंपेटिकाहोगे स्किन को क्या हो ठंड लगने में आप क्या चाहोगे वार्म रहना चाहोगे जाहिर है तो स्किन में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को अब क्या कहोगे शिवलिंग तो बात ही बात है ना अभी अभी ठंड लगना शुरू हुई है <laughs> दुआ बेटे वो उर्दू नहीं समझती स्किन या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम यस उसकी जो एक्टिवेशन है वो हो जाती है और वो अब क्या करेगी वो वेसल्स को शाबाश हाँ अब वो को करेगी ठीक है जब स्किन के वेसल्स को बेजो कर देगी अब क्या होगा आपको गर्मा ये कैसे आपको फायदा होगा गर्माइश कैसे मिलेगी आप ये बताए prevent ट लॉस कैसे अक्सर शिवरिंग को जरा तो रोक लो थोड़ी देर बेटे अभी सर्दी ज्यादा नहीं हुई करते हैं क्या होगा कि blood यहाँ पे इसकी जो circulation है वो कम हो जाएगी blood flow कम हो जाएगा ठीक है जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वो आएगा ही नहीं अगर वो आएगा ही नहीं तो वैपोरेशन नहीं होगी जब वैपोरेशन नहीं होगी तो जो बॉडी है वो वो वॉर्म होना शुरू होगा ठीक है ये मोटी सी बात है भी हो गए तो शिवरिंग का ये होता है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो इस सारे मामले के अलावा शिवरिंग कराई जाती है ताकि स्केलेटन मसल जो है वो मूव करें तेजी के साथ उससे भी गरमाइश पैदा होती है फ्रिक्शन से गर्माइश पैदा होती ठीक है और अब क्योंकि गर्मियां आ गई हैं अब क्या होगा बेटे अब इस सबका उलट हो जाएगा सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि ब्लड स्किन के पास आए उसमें से सेवेपरेशन हो और इवेपरेशन की वजह से ठंडक का एहसास हो और वो मामला उस तरह से हो जाता है ठीक है हाँ बेजुल ये भी एक चीज है ये खैर आप ब्लड में भी देखोगे बेजो एक्टिव सबस्टांस होते हैं इनफ्लमेशन है, हिस्टमीन है तो वो करती है ठीक है, है ये एक साइड पॉइंट है स्वेटिंग होगी बिल्कुल स्वेटिंग उसी से होती है ना एवेपरेशन से होती है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब ये एक समरी है जो बड़ी मजे की समरी है इसमें Uh, सारी चीजें बुलेट फॉर्म में दी हुई uh, जी बेटे सख्त सर्दी में ब्लू हो जाते हैं yes, सक, सक सर्दी है। और उसको अगर आप बहुत ही ज्यादा सख्त सर्दी कर दें, तो वो ब्लू होने के बाद वो ब्लैक भी हो जाते हैं डेड भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई गैंग्रीन कहते हैं अच्छा जी अब आप देख लें आपको भला करे और ये एक अच्छा तरीका होता है करने का। तो I like these tables, क्योंकि इसमें आप एम सी क्यू के लिए जब आप पढ़ रहे होंगे या एस सी क्यू के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप एक अच्छी सी ना एक आप वो कर सकते है तैयारी कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं अब मिसाल के तौर पर अगर आप एस सी क्यू के लिए पढ़ रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने करना है? ठीक आपने आपको करना पड़ेगा तो की आ, उसमें है जी वो पहले लोकल कंट्रोल उसको करता है वो कर देता है वो सारी जो कहानी है वो लेकिन इसका फायदा ये होता है इस तरह के लिखना है ना तो बाकी तो क्योंकि आपने किया हुआ आपको सिर्फिंग कभी बार याद रखनी पड़ती है कि अच्छा भाई अगर सवाल इसका ऐसे क्यों आ जाए तो उसमें मैंने लिखना किस किस हेडिंग के अंदर लिखना होगा अब कॉन्सेप्ट अगर बना हुआ है तो फिर सिर्फ ये याद रखना काफी होता है ठीक है कहानी आदमी कहानी आदमी खुद बना लेता है फिजियोलॉजी तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं तो वो फैक्ट्स को की कहानी तो नहीं बन सकती ना कॉन्सेप्ट की कहानी बन सकती ठीक है ये होगी बात इसको हमने कवर कर लिया अच्छा अब आगे चलते हैं आगे फ्यूचर सर्कुलेशन एक माइनर पॉइंट है ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा होगी आपने वाले इसमें एक चीज होती है ना तो उसमें बेसिकली बात ये है करने वाली जब फ्यूटर लाइफ होती है ना फ्यूटर सर्कुलेशन होती है तो मदर के साथ वो सर्कुलेशन जो है वो कनेक्टेड होती है यहाँ से अबलाइकस से कनेक्टेड होती है ठीक है तो जाहिर है सारी जो ऑक्सीजन है और सारी जो ऑक्सीजन समेत फूड्स फूट वगैरह सारे वेन से आ रहे हैं इसके अंदर इसको दिए जा रहे हैं के जरिए ठीक है ये यहां से दिए जा रहे हैं ठीक है थीके? तो लंग्स जो लंग्स का किरदार है फीटस में वो कोई है ही नहीं सांस सा तो, तो ये बातें आ जाएगी बात फिर नीचे भी जो जी आई टी है उसमें एक डक्टिस होता है वो भी एक, एक बायपास मेके बार लेना पढ़ लेना एक आध दफा पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा इसको आप गाइडें मिनी गार्डन से ही पढ़ सकते हो उसको आप बी से ही पढ़ सकते हो ठीक है और मेरा वो जो वीडियो है उसमें डिटेल में इस बात कर ही रहा हूँ उसको भी आप देख सकते हो ये बेटा खत्म होने वाला है, मेरा हमारा भी ही हो गया है। आपको जल्दी फारिग कर देते हैं इन शो तो ये हो गई बात और आपने बस ये याद रखना है इस स्लाइड को कि बेटे ये, ये चार चीजें हैं ये चार चीजें है जो होती है फ्यूटल सर्कुलेशन में एट बर्थ यानी फ्यूटल सर्कुलेशन जब डिपेंडेंट से इनडिपेंडेंट होती है तो उसमें ये चार चीजें आती हैं जो ये जो ये वाले सारे मामले आते हैं ये बंद होते हैं और जो pulmonary resistance है वो नीचे चली जाती है ताकि वहाँ पे blood आ सके ठीक है this is the end of the lecture ये उसके pictures नहीं ये भी देख लेना ये खत्म हो गया regional circulation और कल आ, कल हमारा lecture है कल हमारा lecture ऐसा है तो कल हम आ, नहीं दोबारा join कर